सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है जो ऐसा हो तो क्या डरना फिर देखें तो जरा क्या होता है मर जाने से पहले मैं जीरो तुम है ले ज़रूरत